टॉप अमेजिक फैक्ट्स नंबर फाइव क्या आपको पता है संसार का पंचावन परसेंट अफहम अफगानिस्तान में पैदा होता है इस कारण से यह दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है नंबर फोर कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो लगभग 250 शब्द और आकाश गंगा को समझने सक्षम है नंबर थ्री आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सेकंड लगभग दो लोगों की मौत हो जाती है नंबर टू दुनिया की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई थी नंबर वन वन तो आपको शायद कभी ना सुनाऊँ आपने बम बनाने में मूँगफली का भी उपयोग किया जाता है ऐसे और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें